मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देने जा रहा हूं, जो कि सी एग्ज़ाम से रिलेटेड है काफ़ी समय से आप लोगों को वेट था कि जिन कैंडिडेट्स का सी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है या फिर छूट गए हैं या फिर बैक कैंडिडेट्स हैं ऐसे सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो आज की न्यूज़ आई हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है ये आज की डेट में ही मेल आई हुई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई है नोडल से आईटीआईस में आपके सामने यहाँ ओरिजिनल मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट एनसीवीटी सीबीटी आधारित परीक्षा पंद्रह बज मिनट मतलब आज की डेट में तीन बज के मिनट पर 2 अप्रैल 2022 को आई हुई है किसकी ओर से एससीवीटी यूपी लखनऊ वीपीपी लखनऊ के द्वारा ये मेल आई ही है अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या मेल आई हुई है पॉइंट नंबर वन कृपया समस्त प्रधानाचार्य महोदय सादर अवगत होना चाहे कि एनसीवीटी सीबीटी आधारित परीक्षा का उन बच्चों का कार्यक्रम आ चुका है जो किसी भी कारण से अभी तक सम्पन्न सी से वंचित रह चुके हैं या किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए थे परीक्षा 25 अप्रैल से संपन्न होनी है जिसकी लिस्ट भी संलग्न है और जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है या बच्चों की संख्या के सापेक्ष उस जिले में कंप्यूटर इत्यादि की कमी है ऐसे 18 जिले के बच्चे निकटवर्ती जिलों में मूव किए जाने प्रस्तावित हैं जिसकी लिस्ट सभी संबंधित के अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दृष्टिगत है तदनुसार परीक्षा एजेंसी से संपर्क करते हुए तत्काल तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा से पहले एजेंसी संबंधित संस्थानों में मॉक टेस्ट यानी परीक्षा से पहले कंप्यूटर इंटरनेट इत्यादि का परीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान में आते हैं पूरा सहयोग देने की कृपा करेंगे इसमें यह क्लियर हो गया है कि आपकी जो परीक्षा सी हुई नहीं थी या किसी कारणवश छूट गई थी उनका टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो कि 25 अप्रैल से संपन्न होना निर्धारित किया गया है जिसकी लिस्ट एसटीविटी के द्वारा जारी कर दिया गया है कि किस जिले में कितने बच्चों की एग्जाम संपन्न कराए जाने हैं अब हम यहाँ पे उस लिस्ट के बारे में इसके नीचे क्या मैसेज लिखा हुआ है वह अभी भी दिखा दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट मूव फॉर अपकमिंग एग्जाम विच इज शिड्यूल ऑन ट्वेंटी अप्रैल दो मतलब ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं जिनके पच्चीस अप्रैल को एग्जाम होना है चंदौली टू वाराणसी हमीरपुर टू गाजियाबाद कुशीनगर टू गोरखपुर रामपुर टू मुरादाबाद, उन्नाव टू कानपुर देखिए उन्नाव और कानपुर का भी यहाँ पे जिक्र आ गया है संभल टू मुरादाबाद मैनपुरी टू इटावा बुलंदशहर टू गाजियाबाद महोबा टू बांदा, महाराजगंज टू गोरखपुर कौसम्बी टू इलाहाबाद गोंडा टू फैजाबाद फ़तेहपुर टू कानपुर चित्रकूट टू बांदा, बदायूं टू बरेली बिजनौर टू मुरादाबाद एम टू प्रतापगढ़ इन अठारह ज़िलों के नाम यहां पर आ गए हैं इनमें एग्ज़ाम 25 अप्रैल को संपन्न कराए जाएंगे अब हम देखेंगे जो एक्सेल सीट जारी करी गई है उसमें किन किन बच्चों का नाम दिखा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल बच्चे हैं ये एक्सेल सीट्स से जो कि रीजन स्टेट डिस्ट्रिक्ट काउंट दिखा रहा आगरा में मान लिया एक एग्जाम्पल नॉर्थ वन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगरा में टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं तेरह हजार चार सौ अट्ठानबे या इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हों और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स का एग्जाम होना है यहाँ पर दिया गया है काउंटिंग संख्या टोटल यहाँ पर आपके सामने दिख रही है ये सारे उत्तर प्रदेश राज्य जिले के ही हैं देखिए कानपुर नगर कानपुर देहात कानपुर देहात में 814 सौ चौदह स्टूडेंट्स हैं टोटल कानपुर नगर में छह हजार हैं स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम उसके बाद में लखनऊ में पाँच नेक्स्ट उन्नाव में आठ सौ जो कि उन्नाव के कैंडिडेट्स का अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया था इन सभी जितने भी स्टेट्स आपको दिख रहे हैं यूपी स्टेट्स के जितने जिले हैं सभी के जिलों के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं प्रत्येक जिले में कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल कैंडिडेट्स काउंटिंग संख्या भी दे रहे हैं इन सभी का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाना अब आप देखेंगे किस आईटीआई में कितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है ये नेक्स्ट जो लिस्ट है इसमें सीट टू में जो दिया गया है देखिए रीज़न दिया है इस्टेट दिया है डिस्ट्रिक्ट दिया है आई टी दिया हुआ है का नाम दिया हुआ है इसके बाद में काउंट मतलब प्रत्येक आईटीआई का कोड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट दिया है स्टेट दिया गया है आईटीआई आई का नाम दिया है काउंट मतलब उस आईटीआई आई में कितने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है आप एग्जाम्पल में मैं एक आईटीआई आई का आपको यहां बता रहा हूं ये उत्तर प्रदेश स्टेट्स की आईटीआई आई डिस्ट्रिक्ट आगरा जिसका आई, आई कोड इतना है पी आर आई आई का नाम है आर डी आगरा जिसमें 38 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होना है ये जितने भी यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहे हैं और सभी आई के नाम दिख रहे हैं इन सभी का सीबीटी एग्ज़ाम 25 अप्रैल को कराया जाना है अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के डांटर बीरेन स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इसमें जो आई आती है उसका कोड आपके सामने लाइव चेक करके दिखा रहा हूँ देखिए आपके सामने देखिए मैंने उत्तर प्रदेश उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बीरेन्द्र स्वरूप प्राइवेट आईटीआई में 68 एट अड़सठ बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं जो कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट निर्धारित करी गई है इस तरीके से इस लिस्ट में सभी आई, आई के नाम दिए गए हैं और उन आई, आई में कितने कितने बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी दे दिए गए हैं इस तरीके से आप लोग ये जो लिस्ट है कॉन्फिडेंसल लिस्ट है ये आपको अपनी आईटीआई के द्वारा ही प्राप्त होगी आप इस लिस्ट के द्वारा या आईटीआई में संपर्क कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आपका नाम है कि नहीं ये जो कि इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी हुई है अब आप लोग अपने अपने आई से संपर्क कर लें कि मेरा नाम ITI से एग्ज़ाम के लिए सेंड किया गया था कि नहीं अगर किया गया होगा तो आपका भी एग्ज़ाम 25 अप्रैल को लिया जाएगा जिसकी डेट निर्धारित कर दी गई है ये जो डेट आई हुई है ये CBT एग्ज़ाम की आई हुई है काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वारी थी कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा तो आपका ये क्वेश्चंस का सवाल मैंने आपको दे दिया है जो कि लाइव में मैंने दिखा दिया हुआ है कि जो आज मेरे पास मेल आई हुई थी मैंने इससे आपको अवगत करा दिया हुआ है अब ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है उन्हें भी पता चल सके कि उनका एग्ज़ाम किस दिन है और आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पानी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो